वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर नेक्स्ट लेकर के आया हुआ हूँ जो कि ड्रिलिंग है इसका पार्ट वन मैंने करवा दिया हुआ है जिस किसी ने नहीं देखा हुआ है वह आई बटन की लिंक पर क्लिक करके देख सकता है आई ड्रिलिंग चैप्टर का पार्ट नंबर टू मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ सबसे पहले देखेंगे हम साइज कंफर्मेशन ऑफ ड्रिल ड्रिल जो है किन किन साइजों में मिलते हैं पहला है मिली साइज ड्रिल दूसरा है इंच साइज ड्रिल तीसरा है नंबर साइज ड्रिल चौथा है लेटर साइज ड्रिल अब हम देखेंगे मिलीमीटर साइज ड्रिल जो है किन किन नंबर्स में पाए जाते हैं मिलीमीटर पद्धति के आधार पर ड्रिल का साइज एम में दिया जाता है इसके अनुसार सोलह एम तक के ड्रिल स्ट्रेट सेंग के होते हैं तथा 16 एम से बड़े ड्रिल टेपर सैंग के होते हैं ये बाजार में निम्न प्रकार से पाए जाते हैं सबसे पहला है हमारा स्ट्रेट सेंग ड्रिल स्ट्रेट सेंग ड्रिल 16 एमएम तक साइज में पाए जाते हैं नेक्स्ट है हमारा टेपर सैंड ड्रिल टेपर ड्रिल जो है एंटी से एमटी सिक्स तक में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे टेपर तीन MM से बड़े साइज के के होते हैं। ड्रिल में प्रकार का मोट टेपर होता है जो कि एमटी वन से एमटी सिक्स में पाए जाते हैं नेक्स्ट हमारा है इंच के ड्रिल मतलब इंच के अनुसार ड्रिल जो हैं। एक बटे चौंसठ इंच से एक बटे बत्तीस इंच तक पाए जाते हैं इसमें कि इंच में भी दो तरह के ड्रिल होते हैं स्ट्रेट सेंट और टेपर सेंट स्ट्रेट सेंट में जो ड्रिल का साइज होता है एक बटे चौंसठ इंच से एक बटे बत्तीस इंच तक पाए जाते हैं और जो टेपर सेंट ड्रिल होता है वह एक बटे आठ इंच से पाँच इंच व्यास तक में पाए जाते हैं अब हम देखेंगे नंबर साइज ड्रिल जिसमें कि एक नंबर से अस्सी नंबर तक के ड्रिल पाए जाते हैं जिसमें कि एक नंबर का साइज जो होता है 0.228 इंच होता है एम एम में फाइव पॉइंट होता है और अस्सी नंबर ड्रिल का जो इंच में साइज होता है 0.0135 होता है तथा एमएम एमएम में में में में 0.35 होता है। है? अब हम देखेंगे नंबर नंबर नंबर नंबर नंबर साइज साइज ड्रिल ड्रिल एक और क्या डिफरेंस से तक के उपलब्ध होते हैं, जो कि साइजों में होते हैं सबसे छोटा नंबर हमारा अस्सी है और सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा वन है मतलब जो नंबर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है वह नंबर उस नंबर का ड्रिल सबसे छोटा होता है जो कि 0.35 पॉइंट है एम में और इंच में 0.0135 मतलब सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा ड्रिल और सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा ड्रिल अब देखिए सबसे बड़े साइज का ड्रिल कौन सा कर जाएगा एक नंबर का जिसका साइज इंच में होता है जीरो ड़ा ड़ा इंच एम एम में फाइव पॉइंट mm. ये तो हो गया हमारा नंबर साइज दूसरा हमारा लेटर साइज लेटर साइज में ड्रिल पाए जाते हैं वे ए टू जेड में पाए जाते हैं ए साइज का जो तो ड्रिल होता है इसका नंबर होता है 0.234 इंच एम एम में फाइव पॉइंट नाइन डबल नाइन नंबर होता है 0.413 इंच और में 10.490 अब हम देखेंगे लेटर जीरो पॉइंट फोर जेड का इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है अब देखिए नंबर साइज में क्या था जिसका नंबर ज्यादा होगा उस फील का साइज सबसे कम होगा और लेटर साइज में उल्टा जो अल्फाइट आएगा उस अल्फाबेट का ड्रिल ड्रिल सबसे सबसे छोटा होगा पे नंबर नंबर नंबर में में क्या था नम्बर नम्बर है है लेकिन साइज कम और लेटर में जो अल्फाबेट सबसे पहले आएगा उस अल्फाबेट का का जो ड्रिल साइज होगा वो सबसे कम होगा तो मतलब ए साइज का लेटर जो है सबसे कम साइज के और साइज का जो लेटर होगा हो तो हो में, हो तो हो में अगर अल्फाजेट स्टार्टिंग हो तो का होगा तो उसमें लेटर साइज साइजा उस साइज का ड्रिल नंबर सबसे कम होगा और लास्ट में जो होगा वह सबसे अधिक होगा आप हम देखेंगे ट्रिल ट्रिल कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला है टू फ्लूटेड जी ट्रीग में दो फ्लूट्स कटे होते हैं, उसे हम टू फ्लूटेड फ्रेटेड बोलते हैं और मल्टी फ्लूटेड का मतलब क्या है जिसमें दो या दो से अधिक फ्लू पाए जाते हैं उसे हम मल्टी फ्लूटेड बोलते हैं अब हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि दो फ्लूटेड ड्रिल में है क्या चीज साधारण ट्विस्ट ड्रिल दो फ्लूट वाला होता है इसमें दो कटिंग कोरे होती हैं ये मजबूत होता है तथा अधिक लंबाई के होल बनाने के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं ये तो इसका हो गया एडवांटेज नेक्स्ट हमारा मल्टी फ्लूटेड ड्रिल जिसमें दो या दो से अधिक फ्लूट पाए जाते हैं अब हम देखेंगे कि इन ड्रिलों में स्क्रैप के बाहर निकालने के लिए अधिक स्थान रहता है इन ड्रिलों के द्वारा होल की फिनिशिंग अच्छी होती है ये हमारा मल्टी फ्रूटेड हमारे टेपर सैंड कोर ड्रिल के बारे में देखेंगे हम देखने में तो ये ट्विस्ट ड्रिल की जैसे ही होता है परंतु ये ड्रिल पहले से बनाए गए होल को बड़ा करने के काम में आता है नेक्स्ट हमारा है ऑयल होल्ड होल करने पर ड्रिल में बने स्पाइरल फ्रूट से होकर छिप बाहर नहीं निकल पाते हैं वे गहराई में होल में ही फंसे रह जाते हैं इस कारण से कटिंग ऑयल एजेंस तक नहीं पहुंच पाता है तथा कटिंग एज ओवर हीट होकर खराब हो जाता है इस समस्या का समाधान होल ड्रिल के द्वारा किया जाता है इन ड्रिल में सैंड व बॉडी में होकर ऑयल होल बनाए जाते हैं ये हमारा हो गया ऑयल होल ड्रिल। नेक्स्ट से हमारा सेंटर ड्रिल ड्रिल को ही हम काउंटर सिंग ड्रिल के नाम से भी जानते हैं जिसका जो एंगल होता है वो तो 120 डिग्री का होता है अब हम सेंटर ड्रिल के बारे में देखेंगे सेंटर ड्रिल का यूज लेथ मशीन तथा मिलिंग मशीन पर कार करने के लिए किया जाता है तथा ये सॉफ्ट को हेड सेंटर का सहारा देने के लिए भी यूज करते हैं उसके फेस पर एक विशेष संरचना का सेंटर बनाया जाता है इसलिए हम इसे कम्बिनेशन ड्रिल के नाम से भी जानते हैं ये हमारा हो गया सेंटर ड्रिल नेक्स्ट हमारा है काउंटर बोल ड्रिल काउंटर बोल ड्रिल में एक निश्चित गहराई के पश्चात काउंटर बोल करने के लिए बड़ा साइज होता है आगे का छोटा साइज पहले होल करता है नेक्स्ट हमारा हो गया मल्टी डायामीटर ड्रिल ये तो मल्टी डायामीटर ड्रिल है इसमें एक से अधिक डायमीटर होते हैं और वे अलग अलग साइज के होते हैं इस कारण से इसका नाम मल्टी डायमीटर ड्रिल है नेक्स्ट है हमारा काउंटर सिंह ड्रिल ड्रिल होल के सिरों में बर हटाने के लिए ड्रिल होल को चैंबर करने के लिए उसकी चूड़ियां आसानी से काटी जा सकें इस कारण इसका यूज किया जाता है काउंटरसिंग ट्रिल का नेक्स्ट हमारा इस इसका जो नंबर से से 0.0086 के साइज में पाया जाता है ये हमारा काउंटर सिंह ट्रिल है जो कि आपको दिख रहा है आज की क्लास यहीं पे समाप्त में करता हूं अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक like करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो